गजब बेच जाती है मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा पहली फुर्सत में निकल बेटे बेटे वाह बेटामाज कर दी वाहमाज कर दी वाह बेटे वाह अरे वाह शेर वो तुम तो अरे तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर हो भाई भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो और सर नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ये नाइस से वापस आ सकते नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी चलिए शुरू करते हैं झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो एक ही काम झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो चुप चुप चुप समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती लोग मजाक उड़ाती हैं। बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा साल A few moments later. Yeah. <laughs> चल झूठा कैसा लगा मेरा मजाक <laughs> अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है चल झूठा मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं नहीं नहीं सारू के यहां कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी मजा नहीं आ रहा है <laughs> वाह मोदी जी वाह वाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रही लो रैन बहुत बुरे लग रहे तोबा तोबा तो तो थारा मूड खराब कर दिया